चोरी में छोरिंदेर नींद के गोड़े तारी mm -hmm. मोहबत चोरी झूठा धारा हुआ रुपया एयरफोन तू पीहे माई बट को से काजड़े गए के छोरी में गुजर को तारे थो छोरी आगे मार्केट में टाइम किस किसी को धोता के बात ma to म्यूजिक म्यूजिक संगीत स्टूडियो कुश्क नीमली का थारा थारी नहीं पहले जा रहे